फ्री फायर में मैं ई मेल नहीं बना पाता था लेकिन अब ईमेल मेल बना लेता हूँ क्योंकि मैं फ्री फायर प्रो प्लेयर हूँ अब बिलीव नहीं बस कि मैं प्रो प्लेयर हूँ लेकिन मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर हूँ मैं बहुत किल करता हूँ एक बार मैं बत्तीस किल करता हूँ दो किल करता हूँ एक किल करता हूँ फिर करते करते पंद्रह पाँच ऐसे पच्चीस तीस बत्तीस किल कर देता हूँ मैं अब समझ नहीं सकते मैं कैसे किल करता हूँ क्या करता हूँ मैं फिर भी प्रो प्लेयर हूँ मैं फ्री फायर में प्रो प्लेयर नहीं बन पाता पर जब से पबजी बंद हुआ ना तब से मैं प्रो प्लेयर बन गया फ्री फायर फायर का फ्री फायर मुझे खेलना बिल्कुल पसंद नहीं सब जब से पर जब से पबजी बंद हुआ तब तो से मैं फ्री फायर ही खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा तैयार है कहो ना प्यार है तो मुझे अच्छा लगने लगा फ्री फायर फिर मैं फ्री फायर ही खेलने लगा पबजी को तो बंद ही हो गया था अब मैं क्या करता घर में बैठ के अकेला क्या करता इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फ्री फायर खेला जाए फ्री फायर में आखिर मैंने सुसेज पा ही लिया बहुत सुसेज पा लिया हंसी की बात है यहाँ मैं बहुत बड़ा प्रोप्लेर हो गया लव यू आप कैसे हो तो वीडियो देखने में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई वीडियो अच्छा सबसे पहले आपके पास पहुँचें हम वीडियो डालते हैं वीडियो लाइक नहीं करते यार सब्सक्राइब भी नहीं करते व्यूज तो आ जाते सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई वीडियो सबसे आपके पास